हेलो दोस्तों मेरा नाम है दिलवर और आप देख रहे हैं डीएमके टेक यूट्यूब चैनल हेलो दोस्तों आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कुछ इस प्रकार से अपने चैनल के अंदर दूसरे तीसरे चौथे कोई भी चैनल को कैसे ऐड करें हेलो दोस्तों ऐड करने के लिए मेरे इस वीडियो को पूरा वॉच जरूर कीजिएगा और वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले होम स्क्रीन पे आ जाना है होम स्क्रीन पे आने के बाद आपको अपना क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना ओपन करने के बाद उसमें youtube.com सर्च कर लेना है करने के बाद यहाँ पे आ जाएगा आपका चैनल को लॉगिंग कर लेना मैं यहाँ पे पहले से लॉगिंग करके रखा हूँ डेस्कटॉप मोड पे इनेबल कर लेना करने के बाद आपको कुछ इस प्रकार से आने के बाद आप योर चैनल में चले जाना है योर चैनल में जाने के बाद यहाँ पे क्रैक कस्टमाइज चैनल पे क्लिक करना है मैं यहाँ पे कस्टमाइज चैनल पे क्लिक कर देता देना यहाँ पे आपके पास स्टूडियो हुआ तो आपको स्टूडियो में डायरेक्ट भेज देगा नहीं तो नीचे वाले पे क्लिक करके आपको यहाँ पे आ जाना है आने के बाद आपको एड सेशन पे क्लिक कर देना है मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ करने के बाद आपको सबसे नीचे यहाँ पे क्लिक कर देना है फ्यूचर चैनल पे तो मैं यहाँ पे फ्यूचर चैनल पे क्लिक कर देता हूँ करने के बाद आपको ऊपर में अपना चैनल का जो भी चैनल हो फर्स्ट या सेकंड, उसका आपको जाकर कॉपी करके ले आना है मैं यहाँ पर जाकर कॉपी चैनल को कुछ इस प्रकार से कॉपी कर लेता हूँ लिंक को लिंक कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे फिर से क्रोम पर आ जाऊँगा क्रोम पर आने के बाद नीचे वाले में चैनल का लिंक डाल देंगे और ऊपर वाले में हम चैनल का नाम डाल देंगे फर्स्ट या सकेंड जो भी चैनल होगा उसका नाम डाल देंगे मेरे से यहाँ पे थोड़ा गलती हो गया इसलिए ऊपर वाले में हम चैनल का नाम डाल देंगे तो ऊपर वाले में चैनल का नाम डाल देता हूँ फर्स्ट चैनल माय माई फर्स्ट पॉइंस चैनल है तो इसको जाकर आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा तो यहाँ पर नाम लिख देते फटाफट Thing, मैं पे चैनल में लिख लिया लिखने के बाद यहाँ पे नीचे डॉन का ऑप्शन आएगा लेकिन वहाँ पे आपको क्लिक नहीं करना साइड में चैनल के बगल में टिक मार के उसके बाद आपका डॉन का आंसर सही हो जाएगा होने के बाद यहाँ पे ऊपर में पब्लिक का ऑप्शन आएगा उस पर पब्लिक कर देना करने के बाद आपको बैक आ जाना है बैक आने के बाद अपना यूट्यूब चैनल को खोल लेना है मैं यहाँ पे खोल लिया हूँ खोलने के बाद योर चैनल में चले जाना योर चैनल में जाने के बाद आपको नीचे जाकर अपना वो दूसरा चैनल जो आप ऐड किए हैं वो आ जाएगा हेलो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेलाइकन ऑल पर रखिए क्योंकि मेरे इस चैनल पर इसी प्रकार का वीडियो आते रहेगा और हर रोज अप टू डेट के बारे में भी वीडियो आता है आप जरूर देखिएगा तो इसके साथ वीडियो एंड बाय बाय